हरिशंकर परसाई की कहानी भोलाराम का जीव ऐसा कभी नहीं हुआ था धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे पर ऐसा कभी नहीं हुआ था सामने बेटे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पहुंच बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है बोलाराम के जीव ने पांच दिन पहले देह त्यागी और यमजूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा धर्मराज ने पूछा और वह दूत महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास आया। उसका चेहरा परिश्रम परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे अरे तू कहा रहा इतने दिन बोलाराम का जीवन कहा है यमदूत हाथ जोड़कर बोला दयानिदान, मैं कैसे बतलाऊ कि क्या हो गया आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया पांच दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह त्यागा तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की नगर के बाहर जोही में उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ ही वो मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया इन पांच दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका कहीं पता नहीं चला धर्मराज क्रोध से बोला जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया दूत ने सिर झुकाकर कहा महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया चित्रगुप्त ने कहा महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं होजरी के पासलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते है मालगाड़ी के डब्बे के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी के लिए तो नहीं उड़ा दिया धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गयी बला बोलाराम जैसे नगर दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहां आ गए धर्मराज को गुम बैठे देख बोले क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई धर्मराज ने कहा वह समस्या तो कब की हल हो गयी नरक में पिछले सालों में बड़े घुणे कारीगर आ गए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 वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है बोलाराम नाम के एक आदमी की पांच दिन पहले मृत्यु हुई उसके जीव को यह दूत यहाँ जीव इसी रास्ते में चकमा देकर भाग गया इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा नारद ने पूछा उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो चित्रगुप्त ने कहा इनकम होती तो टैक्स होता भूख मरा था नारद बोले मामला बड़ा दिलचस्प है अच्छा मुझे उसका नाम तो बताओ मैं पृथ्वी पर जाता हूँ चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया बोला राम नाम था उसका जबलपुर शहर में दमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक डेढ़ कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था उसकी एक स्त्री थी दो लड़के और एक लड़की उम्र लगभग साठ साल सरकारी नौकर था पांच साल पहले रिटायर हो गया था मकान का किराया उसने एक साल से नहीं दिया इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था इतने में बोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया आज पांचवा दिन है बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने बोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद बोलाराम का मकान पहचान गए द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई नारायण नारायण लड़की ने देखकर कहा आगे जाओ महाराज नारद ने कहा मुझे भिक्षा नहीं चाहिए मुझे बोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी बोलाराम की पत्नी बाहर आई नारद ने कहा माता बोलाराम को क्या बीमारी थी क्या बताओ गरीबी की बीमारी थी पांच साल हो गए पेंशन पर बैठे पर पेंशन अभी तक नहीं मिली हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है इन पांच सालों में सब कहने बेचकर कर हम लोग खा गए फिर बर्तन भी के अब कुछ नहीं बचा था चिंता में गुलते गुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया नारद ने कहा क्या करोगी मां उनकी इतनी ही उम्र थी ऐसा तो मत कहो महाराज उम्र तो बहुत थी पचास साठ रुपए महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता पर क्या कहे पांच साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं वे अपने मुद्दे पर आए मां यह तो बताओ कि यहां किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो पत्नी बोली लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है मेरा मतलब है किसी स्त्री स्त्री ने घुर्रा कर नारद की ओर देखा बोली अब कुछ मत बको महाराज तुम साधु हो उच्च के नहीं हो जिंदगी भर उन्होंने किसी स्त्री की ओर आंख उठा कर नहीं देखा नारद हंसकर कर बोले तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है यही हर अच्छे गृहस्थी का आधार है अच्छा माता में चला स्त्री ने कहा महाराज आप तो साधु हैं सिद्ध पुरुष हैं। कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए नारद को दया आ गई थी वे कहने लगे साधुओं की बात कौन मानता है मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा यहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे वहाँ पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला बोलाराम ने दरख़्वास्ते तो भेजी थीं पर उन पर वजन नहीं रखा था इसलिए कहीं उड़ गए नारद ने कहा भाई यह बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं इन्हें क्यों नहीं रख दिया बाबू हंसा आप साधु हैं आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती दरखास्ते पेपर वेट से नहीं दबती खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए नारद उस बाबू के पास गए उसने तीसरे के पास भेजा तीसरे ने चौथे के पास चौथे ने पांचवे के पास जब नारद 25 तीस बाबूओं और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए। उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा? नारद बड़े साहब के कमरे में चपरासी था। इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए बोले इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या धड़ दर चले आए चिटकी उन्हें भेजी नारद ने कहा कैसे भेजता चपरासी सो रहा है क्या काम है साहब ने रोब से पूछा नारद ने बोला राम का पेंशन केस लाया साहब बोले आप है बेरागी दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते असल में बोलाराम ने गलती की भाई ये भी एक मंदिर है यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है आप बोलाराम के आत्मी मालूम होते है बोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है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 सकती है मगर साहब रुके नारद ने कहा मगर क्या साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए आप समझे नहीं आपकी ये सुंदर वीणा है इसका भी वजन बोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है यह मैं उसे दे दूंगा साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते है नारद अपने वीणा छिंते देख जरा घबराए पर फिर संभलकर उन्होंने वीणा को टेबल पर रखकर कहा लीजिए अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर दीजिए साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दे दी वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई चपरासी हाजिर हुआ साहब ने हुक्म दिया बड़े बाबू से ऐसी के केस की फाइल लाओ थोड़ी देर बाद चपरासी बोलाराम की सो डेढ़ दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया उसमें पेंशन के कागजात भी थे साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा क्या नाम बताया साधु जी आपने नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले बोला राम सहसा फाइल में से आवाज आई कौन पुकार रहा है मुझे पोस्टमैन है क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया नारद चौंके पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए बोले बोला तुम क्या बोला के जीव हो हाँ, आवाज़ नारद ने कहा मैं नारद हूँ तुम्हें लेने आया हूँ चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है आवाज आई मुझे नहीं जाना मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ यही मेरा मन लगा है मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़ छोड़कर नहीं जा सकता तो दोस्तों ये बोलाराम का जीव कहानी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा